आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं आग लगी तो जरूर देखिए होगी चलिए आज हम बात करते हैं कैसे लगती है उसके एलिंट्स क्या हैं इसके बारे में मेरा नाम विजय दैया है और आज हम पढ़ेंगे आप क्या है आपके एलिट्स क्या हैं आप कैसे लगती है इसके बारे में चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रहा तक अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा अगर शेयर नहीं सब्सक्राइब करना चलिए करते हैं। आग क्या है? है, है। तो आग आग एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन जो कि हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन के मिलने लगने पर आपकी हीट लाइट और धुआं निकलता है और जो अवशेष बचता है उसमें हमें राख प्राप्त होती है अब हम बात करेंगे आग के एलिमेंट्स के आग जैसे आपने देखा तीन चीजों की बिल्ली से बनती है इसमें ऑक्सीजन गर्मी और इंधन होता है जब भी तीनों चीजें एक साथ मिल जाएंगी तब आग लगेगी अब एक कमरे के अंदर आप एक कमरे के अंदर बाल्टी में फूल रख दीजिए एक कमरे में हीट्स हो सकती है ऑक्सीजन तो हर जगह होती है तो वे आग लगेगी नहीं आग बिल्कुल नहीं लगेगी वो तीन इकट्ठी होंगी और उसके भी टर्म्स एंड कंडीशन उसका फ्लैश पॉइंट अगर उसको हीट करना पड़ेगा तब वो आग चलिए थोड़ा में बात करते हैं इस बारे बारे में। में अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बारे बात करें। एक बिल्कुल है। ऑलमोस्ट नहीं लगती है, परसेंट आप कहीं भी चले जाओ अमेरिका में भी ऑस्ट्रेलिया में भी और इंडिया में भी हो सकती है लगने के लिए लेकिन कम रहेगा अगर सोलह परसेंटली और आग कितनी आपको ऑक्सीजन कितना हटा दे जो आग बुझ जाए तो उसके लिए मिनिमम बारह परसेंट तक ऑक्सीजन को रिप्लांट करना पड़ेगा वहां से हटाना पड़ेगा तब आप रियल नाइट नहीं होगी ऐसा में लिखा हुआ है नती के अनुसार मिनिमम बारह परसेंट आपको वो ऑक्सीजन वहाँ से प्लान करनी पड़ेगा जाने के लिए अब हम बात करते हैं गर्मी अब कोई भी चीज़ गर्मी तो सनलाइट भी देती है तो सनलाइट में अगर हम फ्यूज को ऑक्सीजन को तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी तो जब वहाँ पर सनलाइट नहीं लगेगी हर प्रोडक्ट का जो फायर पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है अब फायर पॉइंट अलग अलग कैसे होता है में आप छोटी सी चीज डालते हैं लाइटर से जब उस फायर करेगी बिल्कुल तो छोटी सी लगती है क्या उसके चिंगारी के लगने से वहाँ पर आग लग जाएगी गैस एल में लग जाएगी पर तो वही चिंगारी अगर हम लकड़े को जलाने के लिए वहाँ पर लगाएंगे उसको लाइटर को फायर करेंगे तो आगेगी लगेगी उसका फायर पॉइंट अलग है एल फायर पॉइंट अलग है तो जिस भी प्रोडक्ट में जिस भी फ्यूज में आप आगे हैं उसका जो फायर पॉइंट है उस उसको गर्म करना जरूरी है फायर पॉइंट के लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे किसी अभी बेसिक फायर भी रहते हैं और हर प्रोडक्ट का जैसे हर फ्यूल का सॉरी प्रोडक्ट हर फ्यूल का जैसे कोई कपड़ा है लकड़ी है कोई मेटल है जो भी सब जो भी सबसे तो तो तो तो उस वक्त जो फायर होता है वो अलग अलग होता है इसके लिए हम डिटेल में दूसरी वीडियो में बात करेंगे अब आता है फ्यूल फ्यूल क्या होता है फ्यूल को कुछ भी सकता है लकड़ी कपड़ा लत्ता तरल और गैस कुछ भी हो सकता है मे मेडल हो सकता है तो ये चीज़ें आपकी फ्यूल में आती है और फ्यूल के अंदर जो भी चीज़ देने लायक होगी वो सब फ्यूल लोग नए कंसिडर पहुँच सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इसको शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच